दो बातें सारी जिंदगी में काम आएंगी नंबर एक गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला न करना नंबर दो खुशी की हालत में किसी शायर ने कहा है कि कितना दुशवार है फितरत का बदलना यूसुफ लोग काबे तो गए लेकिन दिल से बुराई ना गई आज मैं आप लोगों को मोटिवेशनल बातें बताने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें याद रखना दूसरों के पर्दे रखना सीखो उनके ऐबों पर नजर मत रखो क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है तितली नहीं बैठती है मेरे भाई फसाद फैलाने वाले मत बनो, दूसरों के घर अंधे बनकर बन जमीन अकलमंदों से, से भर गई है मगर दर्मंदों से खाली है बात याद रखना बगैर दवाइयों के सोते हो बगैर दवाइयों के सोते हो सुबह बगैर तकलीफ के उठते हो बगैर किसी सहारे के आते जाते हो बगैर किसी परहेज के खाते पीते हो तो मेरे भाई क्यों नहीं फिर कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है नहीं मानते ना मेरे भाई कभी आप हॉस्पिटल में जाके देखें वहां आपको पता लगेगा लोग सहारा मतलब अपनी करवट बदलने के भी लिए लोगों के क्या है मोहताज है तो मेरे भाई जो भी कुछ है उसका अल्लाह का शुक्र रख एक बात हमारी याद रखना गोद से कबर तक गोद से कबर तक हर बात सिखाती है माँ हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ जिंदगी के सफर में गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ बात याद रखना मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से मांगो सिर्फ उसी से जो देता है खुशी से और कहता नहीं किसी से बात हमारी याद रखना गांव और शहर में क्या फर्क है मेरे भाई गांव में गाय पाली जाती है गांव में गाय पाली जाती है और कुत्ते आवारा फिरते हैं और शहर में कुत्ते पाले जाते हैं और गाय आवारा घूमती है गाँव का जाहिर आदमी गाय को चराने जाता और शहर का पढ़ा लिखा आदमी कुत्ते को घुमाने जाता वॉक पे लेके जाता सुबह गाँव के यतीम खाने में गरीबों के बच्चे मिलते हैं और शहर के ओल्ड एज होम में अमीरों के माँ बाप मिलते हैं बात हमारी याद रखना। एक बात हमारी याद रखना दो बातें सारी जिंदगी में काम आएंगी नंबर एक गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला न करना नंबर दो खुशी की हालत में कोई वादा न करना बात हमारी याद रखना परिंदा अपने पांव और इंसान अपनी जबान की वजह से जाल में फंसता है मेरे भाई गुफ्तगु में नरमी इख्तियार करो क्योंकि लहजे का असर अल्फाज ऐसी ज्यादा होता है बात हमारी याद रख किसी शायर ने कहा है कि कितना दुशवार है फितरत का बदलना यूसुफ लोग काबे तो गए लेकिन दिल से बुराई न गई आप लोग देख ही रहे होंगे लोग जा रहे हैं काबा जा रहे हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं फोटो खींच रहे हैं तस्वीर खींच रहे काबे के सामने अपनी पिक्चर ले रहे हैं। तो वही शायद कह रहा कि दुश्वार है कितना दुशवार है फितरत का बदलना यूसुफ लोग काबे तो चले गए लेकिन दिल से बुराई न गई एक बात हमारी याद रखना सिर्फ पैसे का होना रिश्ता नहीं है सिर्फ पैसे का होना रिस्क नहीं है नेक औलाद का मिल जाना अच्छे अखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिस्क में शामिल है एक बात हमारी याद रखना मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में आने वाले बुरे लोगों से डर नहीं लगा मुझे कभी भी अपनी जिंदगी में आने वाले बुरे लोगों से डर नहीं लगा जब भी डर लगा हमेशा अच्छे लोगों से लगा क्योंकि मुझे पता था बुरे लोग दिखावा नहीं करते बल्कि खुल्ला दुश्मनी निभाएंगे लेकिन अच्छे लोगों का क्या पता सर के कब कहाँ कैसे कौन बुरा बन जाए कब एक दिवार तोड़ कर मुझे मुँह एक बात हमारी याद रखना लोगो ने कुछ दिया तो जताया भी बहुत सुनाया भी बहुत अल्लाह एक तेरा ही है, जहां सब कुछ मिलता मगर ताना नहीं बात हमारी याद रखना एक बुजुर्ग ऐसी शैतान ने कहा कि तुझे अल्लाह पर बहुत यकीन है तू तो ऊंचे मुझे पहाड़ पर चढ़कर छलांग लगा दे, देखते हैं कि तेरा अल्लाह तुझे बचाता है कि नहीं बुजुर्ग ने जवाब दिया कि ये अल्लाह का काम है कि वो मुझे आजमाए मेरा काम नहीं है कि मैं अपने सच्चे रब को आजमाऊँ बात हमारी याद रखना बात हमारी याद रखना जिंदगी तो हल्की फुल्की है जिंदगी तो हल्की फुल्की है बोझ तो सारा ख्वाहिशात का एक बात और याद रखना दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो अल्लाह तुम्हे भी देने में देर नहीं करेगा हमारी याद रखना बच्चा बड़ा होकर समझ जाता है की माँ बाप की लगाई गयी पाबंदी बचपन में ठीक थी और बंदा मरने के बाद समझ जाएगा कि उसके रब की लगाई औकात थोड़ी, थोड़ी रह जाती है एक बात और याद रखना शेख शादी फरमाते हैं मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया की मैं कैसा होता मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया मैं कैसा हूं और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी